नमस्कार दोस्तों स्वागत है अपने YouTube चैनल टोटल जी में और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आप अपना आधार कार्ड है वो घर बैठे मोबाइल फ़ोन में किस तरह से पी में डाउनलोड कर सकते हो तो चलिए शुरू करते हैं आधार कार्ड को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन में Google को ओपन कर लेना है और सर्च बार में आपको ऊपर टाइप करना है U I D A I उसके बाद आपको उस पर टैप कर देना है टैप करने के बाद आपके सामने फर्स्ट वेबसाइट ओपन हो आएगी U I D A I उस पर आपको क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद आपके सामने लैंग्वेज का ऑप्शन आएगा आप अलग अलग लैंग्वेज में इसे ओपन कर सकते हैं जैसे कि इंग्लिश हिंदी और भी अन्य भाषाओं में तो मैं यहाँ पे इंग्लिश को सिलेक्ट कर लेता हूँ उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का डैसबोर्ड आएगा तो आप ज़रा स्क्रॉल करोगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा गेट आधार का गेट आधार में ही आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा डाउनलोड आधार इस पर आपको क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद आपके सामने माए आधार का एक ऑप्शन खुल जाएगा जो कि एक नया पेज होता है उसके बाद आप साइड में जब देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा डाउनलोड आधार इस पर आपको क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद जैसे ही आप इसे शॉर्ट वाइज देखेंगे तो आपको यहां पे ऑप्शन देखने को मिलेगा एक इंटर आधार नंबर इंटर कैप्चा नंबर तो आपको यू कैप्चा जो साइड में होता है वो बिल्कुल एक्यूरेट आपको भरना होता है तो यहाँ पे मैं दोनों को फिलअप कर लेता हूँ उसके बाद आपको यहां पे नीचे सेंड ओ के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है जैसे आप सेंड ओ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक आधार कार्ड बेस्ड ओ भेज दिया जाएगा ओ को आपको यहां पे नीचे इंटर ओ के ऑप्शन पर यहां पे क्लिक करके फिलअप कर देना है उसके बाद आपको जनरेट आधार का ऑप्शन मिलेगा उस पर आपको क्लिक करना है लेकिन उस पर आपको एक ऊपर उपस... ऑप्शन देखने को मिलेगा मास्क आधार तो आपको मास्क आधार में करना क्या है कि उसको टिक नहीं करना है क्योंकि जब मास्क आधार करेंगे तो आगे के अंक आपको क्रॉस में दिखाई देंगे लास्ट के फोर डिजिट ही आपको देखने को मिलेंगे तो आपको उसको टिक नहीं करना है तो यहाँ पर आपको गेट आधार पर आपको क्लिक कर देना है जैसे ही आप गेट आधार पर क्लिक करेंगे आपका पी डाउनलोड हो जाएगा पी डाउनलोड होने के बाद आपके सामने ओपन के ऑप्शन आएंगे तो आपको अपने पी फाइल में इसे ओपन कर लेना है जैसे भी एक फ़ाइल को आप सिलेक्ट करेंगे जस्ट वन पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने पी आ जाएगा उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड की बात करें तो आपको अपने पासवर्ड में अपने नाम का कैपिटल लेटर में चार वर्ड डाल देना है और अपनी डेट ऑफ बर्थ का लास्ट में जो ईयर होता है जैसे 2001, 2002 उसको डाल देना है डालने के बाद आप जैसे ही ओपन बटन पर आप टैप करेंगे तो आपके सामने आधार कार्ड ओपन हो जाएगा जैसे कि यहाँ पे हो चुका है तो इस तरह से आप आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं तो आई होप कि ये वीडियो काफ़ी पसंद आई है वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें